अभी मीडिया मैंने थोड़ा सा वाई सा वाईफाई का थोड़ा डिस्टर्ब साइट एग्जाम्पल्सोमोशन रनिंग वॉकिंग जम्पिंग क्रॉलिंग स्विमिंग एक्सेट्रा इससे पहले हम लोग क्या, right? so, लो क्या बात कर रहे थे इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप एक जगह खड़े होके आपकी बॉडी को हिलाते हो तो वो आपकी मूवमेंट है वो आपकी लोकोमोशन नहीं है मूवमेंट हम उसको कहेंगे जैसे सेलुलर लेवल पे होता है ऑर्गन लेवल पे होता है या तो एंटायर बॉडी पे होता है एंटायर बॉडी का अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम उसको लोकोमोशन कहेंगे अगर नहीं होता है टोटल डिसप्लेसमेंट तो हम उसको मूवमेंट कहेंगे जैसे हार्ट बीट हो गया पेरिस्ट्रलिसिस हो गया लंग्स हो गया अगर आप एक जगह खड़े होकर हाथ पर हिलाते हो तो आप उसको हम उसको बिल्कुल लोकोमोशन नहीं कहेंगे हम लोग उसको मूवमेंट कहेंगे जैसे डब्लू का मूवमेंट है तो वो उसका लोकोमोशन होगा क्योंकि वो उसका सीवडोपोडिया के जरिए होता है और आरबीसी का जो लोको मूवमेंट होता है वो मूवमेंट कहेंगे क्योंकि वो सीडोपोडिया नहीं है ब्लड उसको कैरी कर करते हैं तो उसका अपना कोई इच्छा से वो मूवमेंट नहीं कर सकते स्टडी ऑफ मूवमेंट को क्या कहते हैं कायेंगे जी कहते हैं जैसे आईबॉल हैंड जॉस गट एक्सेट्रा इसकी मूवमेंट जो इसका स्टडीज जो है इसको कहते हैं सो एग्जांपल ऑफ मूवमेंट तो रनिंग वॉकिंग जंपिंग क्रॉलिंग स्विमिंग इतना बहुत सारा है लेकिन हम ये बताएंगे कि इफ द डिसमेंट इफ द डिसमेंट टेक्स प्लेस डिसप्लेसमेंट टेक्स प्लेस यूजिंग ओन बॉडी पार्ट देन इसको हम लोग कहेंगे लोको मोशन इसका मतलब है पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन यूजिंग योर ओन बॉडी पार्ट अगर आप बाइक से चल के एक जगह से दूसरा जाते हो car से चल के जाते हो या तो आप किससे चल के जाते हो सपोज बस में चल के जाते हो तो वो आपकी मूवमेंट है लोकोमोशन नहीं है लोकोमोशन में ओनली यूजिंग योर ओन बॉडी पर सोना चाहिए ना व्हाई बी लोकोमोट फॉर फूड फर्स्ट फॉर शेल्टर सेकंड एंड अन फेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए हम लोग लोकोमोट करते हैं जैसे बहुत ठंड है बाहर में बाहर में बहुत गर्मी है लू चल रहा है उससे बचने के लिए to save ourselves from the unfavorable condition, तो हम लोग लोकोमोट करते हैं थोड़ा सा आगे चलेंगे थोड़ा सा आगे आ, क्लास में थोड़ा मिस हुआ है अच्छा और भी एनिमल्स और भी लोकोमोट इसलिए भी करते हैं फॉर आई मीन डिफेंड फ्रॉम द्रेडिटर्स शिकार से बचने के लिए डिफेंड फ्रॉम From प्रेडिटर्स defend from predators, ठीक है So शिकार से one, one. defend from the predator, प्रेडिटर्स इससे बचने के लिए ठीक है मेटिंग भी एक प्रोसेस है फॉर द लोकोमोशन ठीक है रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन के लिए भी एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं ठीक है <coughs> अब हम लोग आज की ये करेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स सो हम लोग बात करेंगे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स ये करके आज की ये लेक्चर को खत्म करेंगे और आगे हम लोग बाद में बात करेंगे लोकोमोटरी structure of different एनिमल different animals का locomotory structure. Next classes में हम लोग जहां से ये यहां से हम लोग शुरू करेंगे तो अभी इस class को end करते हैं और next class just यहां से शुरू करेंगे Thank you.